कुछ जोड़ा नहीं कुछ जलाया नहीं कुछ जोड़ा नहीं कुछ जलाया नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया नहीं क्या कुछ जोड़ा नहीं कुछ जलाया नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया नहीं कलम और कागज़ से मोहब्बत हो गई हमको क्योंकि हमने अपना दर्द किसी को बताया नहीं